दतिया के विधानसभा सेवड़ा में सिंध नदी पुल बनाए जाने की मांग पूरी की गई है जिसे लेकर कांग्रेस सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने खुशी जाहिर की है विधायक घनश्याम ने शिवराज सिंह चौहान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देते हुए उनका आभार माना और मिठाई बांट हर्ष व्यक्त किया दतिया के विधानसभा सेवड़ा में सिंध नदी पुल बनाए जाने की मांग पूरी होने पर विधायक घनश्याम सिंह ने हर्ष व्यक्त किया है उन्होंने शासन और प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा की सिंध नदी पुल आमजन की समस्या थी इससे सेवड़ा क्षेत्र का आवागमन अवरुद्ध था और व्यापार भी डेढ़ साल से ठप हो गया था आए दिन जनहानि हो रही थी स्कूल की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह धरने पर भी रहे और जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था उन्होंने इसके लिए विधानसभा शीतकालीन सत्र में प्रश्न लगाए थे कांग्रेस विधायक घनश्याम ने बताया की शिवराज सरकार ने सेवड़ा पुल के निर्माण के लिए सोलह दिसम्बर को टेंडर जारी करने के आदेश जारी करवा दिए हैं विधानसभा क्षेत्र के तीन पुलिस का इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेवड़ा का पुल है जिसके कारण व्यापार ठप का हो गया है सेवड़ा का बाजार ठप हो गया है जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यों से लोगों का आवागमन होता था लाहर तहसील का ग्वालियर भी आवागमन इसी पुल से था सेवड़ा तहसील का इंदरगढ़ तहसील का यहाँ झांसी जिला जालौन जिले के लो, लोगों का भी आवागमन था इस पुल के टूटने से ग्वालियर बेंड दतिया झांसी जालौन ये सब जिले के लोग प्रभावित हुए हैं गनीमत है कि एक छोटा रब्ता 100 साल पुराना मौजूद था तो केवल फोर व्हीलर और टू व्हीलर वाहन उससे निकल रहे हैं लेकिन बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे हैं बसों का आवागमन बंद है ट्रकों का आवागमन बंद है इस पर कोई ध्यान शासन द्वारा नहीं दिया गया आज लगभग डेढ़ साल हो गया पिछले वर्ष विधानसभा सत्र में शीतकालीन सत्र में मैंने इस बात को उठाई थी तब कहा गया था कि शीघ्र कार्रवाई की जा रही है विगत बजट सत्र में मार्च के सत्र में लांच और रतनगढ़ माता के पुलों को शामिल किया गया लेकिन सेवड़ा के पुल को नहीं किया गया जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण था तब से लेकर आज तक हर फोरम पे मैंने ये मांग उठाई मैंने लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गवी लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश सिंह राठकेला मुख्यमंत्री जी प्रमुख सचिव पी और उनके चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह सबसे संवाद किया पत्र लिखे कई बार स्वयं मुलाकात की लेकिन हर बार आश्वासन मिलता था कि बहुत जल्दी हम काम शुरू कर रहे हैं हम विज्ञप्ति पहले निकाल देंगे और काम शुरू हो जाएगा बाकी स्वीकृतियां बाद में होती रहेंगी इसका भी प्रावधान है प्रमुख सचिव ने उनसे कहा था कि एक साधिकार प्राप्त वित्तीय समिति होती है उससे हम आठ दिन के अंदर स्वीकृति ले लेंगे ले लेकिन कुछ नहीं हुआ कांग्रेस विधायक ने सेवड़ा पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आभार माना 15 दिसंबर को सेवड़ा पुल के संबंध में विधायक घनश्याम सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ध्यान आकर्षण लगाया था जिसके फलस्वरूप राज्य शासन ने सेवड़ा पुल के निर्माण के लिए सोलह दिसम्बर को ही टेंडर कॉल करने की प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए सिंध पुल निर्माण की अवधि 16 माह रखी गई है, के के है। अनुमानित की तय की गई है और पुल निर्माण की टाइम लाइन अठारह माह तय की गई है ये हमारे मैंने ये विधानसभा सत्र जो उन्नीस तारीख से हो रहा है एक महीने पहले मैंने प्रश्न भी लगा दिया था और वो बाईस तारीख को आएगा विधानसभा में उसका जवाब परसों पंद्रह तारीख को मैं भोपाल था मैंने और डॉक्टर गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता ने मिलकर संयुक्त रूप से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया विधानसभा में तो जितना दबाव हम बना सकते थे पूरा दबाव बनाया और उस दबाव के कारण खास तौर से जनता के समर्थन को देखती हुई उनतीस अगस्त को जो जनता जिस तरह से उमड़ी थी हमारे धरना प्रदर्शन में उसके बाद से भी लगातार व्यापारियों ने जनता ने जो समर्थन दिखाया इस मार्ग के प्रति उससे प्रभावित होकर मध्यप्रदेश सरकार ने हमारे इस पुल के लिए कल विज्ञप्ति जारी की कल अखबार में विज्ञप्ति जारी हो गई है टेंडर जारी हो गया है तो हमें उम्मीद जारी है कि अब सीधी पुल के निर्माण का काम शुरू होगा तो हम धन्यवाद देते हैं मध्यप्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मंत्री जी को सभी को धन्यवाद देते हैं और ख़ासतौर से धन्यवाद दूँगा मैं हमारे क्षेत्र की जनता को आम जनता को और व्यापारियों को इनको धन्यवाद दूँगा क्योंकि इन्होंने जो समर्थन दिया हमारे आंदोलनों को उस और उससे दबाव बना सरकार पे और सरकार ने हमारी मांग मजबूत कर ली है दूसरी बात जो छोटा पुल है पुराना पुल जो लगता है वो आवागमन उससे अभी टेम्प्ररी तौर पर हो रहा उससे लगा उसमें लगातार दुर्घटनाएं हुई है बहुत सकड़ा पुल है उसको मरम्मत के नाम पर और सकरा कर दिया गया प्रशासन के द्वारा जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं अभी तक पिछले डेढ़ वर्ष में दस लोगों की दस ग्यारह लोगों की जान जा चुकी तो उसका भी कार्यशील होना चाहिए क्योंकि पुल की विज्ञप्ति तो जारी हो गई है लेकिन बनके तैयार होगा उसमें ढाई तीन साल से कम का समय नहीं लगेगा तो तब तक के लिए आवागमन सुलभ हो हमारी मांग है कि एक पीपों का पुल बनाया जाए इस रफ्ते के समानांतर जिससे वन वे ट्रैफिक हो एक साइड का ट्रैफिक पीपों के पुल पर जाए एक साइड का ट्रैफिक इस रफ्तरे पर से आएगा छोटे तो पुल से आएगा ये व्यवस्था की जानी चाहिए और उसको सुरक्षित भी किया जाए जिससे उसके बगल में रेलिंग लगाई जाए उसकी मरम्मत कराई जाए ये भी हमारी मांग है